थैंक यू 2022 तुमने सिखा दिया है कि 2023 में अकेले कैसे जीना है अवसर और सूर्यास्त में एक ही समानता है देर करने वाले इन्हें खो देते हैं खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है जिंदगी तो हर कोई जी लेता है बात तो जब है जब जीवन उदाहरण बने कोई फ़ायदा नहीं किसी के पीछे पीछे जाने का हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ जो तुम्हें भूल गए हूँ